नमस्कार आपका एन पब्लिक भारत पर स्वागत है आप देख रहे हैं एन पब्लिक भारत आज हम आपको दिखाएंगे आज की सबसे बड़ी खबर गुजरात के मोरबी में रविवार शाम मच्छू नदी पर बने एक हैंगिंग पुल के गिरने से एक लोगों की मौत हो गई है मोरबी पुल हादसे में ब्रिज मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है मोरबी के नागरिक निकाय के प्रमुख ने दावा किया है की कि अधिकारियों की अनुमति के बिना पुल को फिर से खोल दिया गया था अधिकारियों का दावा है कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ही पुल को हफ्ते भर पहले खोला गया था ये पुल मार्च 2022 से बंद था पुल के रखरखाव के लिए जिम्मेदार की धारा तीन सौ चार तीन सौ आठ और एक सौ चौदह के तहत मामला दर्ज किया गया है पहले पुल पर सिर्फ बीस ऐसी पच्चीस लोग जाते थे इंडिया टूडे से खास बातचीत में नगर निगम के मुख्य अधिकारी संदीप सिंह ने कहा है की रविवार को खचाखच भरे पुल को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया था संदीप सिंह ने कहा ऐसे इस ब्रिज पर केवल 20 से 25 लोग ही जाया करते थे इस पुल पर हम एक साथ एक बैच में 20 से 25 लोगों को ही भेजते थे ये हमेशा से चलता आ रहा है नगर निगम के मुख्य अधिकारी संदीप ने कहा है कि उनका यानी कि कंपनी की लापरवाही के कारण ये कल हादसा हुआ है बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजा गया था एक बार में लगभग चार से पाँच लोग वहाँ पहुँच गए थे कंपनी ने छुट्टियों के दौरान इस बारे में कोई जानकारी दिए बिना इसे फिर से खोल दिया था हमें यह जानकारी नहीं दी गई थी कि इसका नवीनीकरण किया गया था या नहीं और अगर कई लोगों को एक साथ भेजा गया जिससे दुर्घटना हुई नगर निगम के मुख्य अधिकारी संदीप सिंह ने आगे कहा मोरबी नगर ने प्रमाण पत्र जारी नहीं किया उन्होंने कहा था की पुल के नवीनीकरण के बाद कंपनी को नागरिक निकाय को सूचित करना आवश्यक था और एक निरीक्षण यह तय करता प्रमाण संदीप ने कहा मैंने इसे प्रमाण पत्र नहीं दिया और तब दिवाली की छुट्टियां थी लेकिन फिर उन्होंने इसे खोल दिया अचानक और ये कल हादसा हुआ सूत्रों ने बताया है कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है लेकिन इसमें किसी का नाम नहीं है अधिकारियों ने कहा है की